उस तरफ ना था हाँ, उसी तरफ दिखाई नहीं देता सुन वो गुंडे हमारी तरफ ही आ रहे हैं जब जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ता है असुरों का बढ़ता है उसके अंत के लिए उन्हें आना ही पड़ता है मजाक कर रही हो क्या अभी कुछ नहीं होगा पूजा पर ध्यान देगा ले रहा है जानता भी है सही oh. सर सरकार के बारे में कुछ बोला है आपने <laughs> क्या बोला था मताना क्या बात? था अगर असली मर्द का बच्चा है तो बोल दे मेरे साथ भी दो दो हाथ करके देख ले आ, तो? कुछ नहीं वही मेरे माँ बाप भगवान गुरु जी से सरकार के बारे में इतना कुछ बोला है तो? सोचा की मिल के जाऊँ किसके इलाके में आया है जानता है क्या हेलो आ गए है तो जान भी जायेंगे ऐसा क्या है? दरवाजा बंद कर अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो मैं हूं ना मैं ही बंद कर देता दरवाजा क्यों बंद करवाया धोने के लिए भाई तो खडे खड़े मुंह क्या देख रहा है नहीं नहीं, कर सकता। फाइटिंग के लिए नहीं सरदार फोन करेंगे थोड़ा मैसेज कर लेना प्लीज वाली है सरकार मैंने फोन किया है ये बात उसे बताना मत बेटा नंबरी तो बाप दस नंबरी नहीं बताऊंगा सरकार क्या कर रहा है वो आ... तोड़ रहा है नारियल तोड़ रहा है सरकार ओ। खड़े खड़े क्या, क्या, क्या कर नीचे बैठो तो बैठ गया <yeux> <letter illegal misunder>, दर्शन तो हो गया अब प्रसाद बांट रहे हैं सरकार सब लोग दर्शन करो चलो चलो चलो. आ, आ, आ, आ। क्या बकवास कर रहे हो तो? तुम फोन दो से जी सरकार, है बेटा। हाँ सरकार। ठीक है चुप्पी दर्शन करके आ जाओ। मैं कर आदमी हूँ कौन सा राणा? राणा स्थलीपुर